एक बार की बात है यमराज गरुल के साथ एक ऋषि को बैठने गए जैसे ही ऋषि की कुटिया के पास पहुंचे यमराज ने गरुल से कहा कि तुम बाहर रुको मैं ऋषि से बैठ के आता हूं फिर तो जब यमराज ने कुटिया में प्रवेश करने लगे यमराज को एक बिल्ली दिखाई दी बिल्ली को यमराज बहुत ही गौर से देखने लगे तभी गरुल ने सोचा कि यमराज इसे इतनी गौर से देख रहे हैं इसका मतलब आज इसका मृत्यु होने वाला है जब तक यमराज उस ऋषि से मिल आते तब तक गरुल ने उस बिल्ली को बहुत ही दूर रखा है ताकि वो फिर से यमराज की नज़र में ना आए और उसका मृत्यु ना हो फिर जब यमराज वापस आने लगे ऋषि से मिलके, तभी उन्होंने इस बिल्ली को ढूंढने लगा और फिर गरुल से कहा कि यहाँ पे जो बिल्ली था वो कहाँ गया तभी गरुल ने कहा कि महाराज आपने उसे बहुत ही ग़ौर से देख रहे थे फिर मैंने सोचा कि आज उसका मृत्यु होने वाला है इसी मैंने उसे बहुत ही दूर रखाया ताकि आप उसे दोबारा ना देखें और उसका मृत्यु ना हो तभी अमराज ने इस गरु से कहा कि मूर्ख मैं उसे इसलिए देख रहा था कि अभी उसका मृत्यु बहुत ही दूर होने वाला था मैं ये सोच रहा था कि ये उतना दूर यहाँ से जाएगा कैसे इतना कम समय में पर उस कार्य को तूने सिद्ध कर दिया दोस्तों अगर यहाँ से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक यू